एक आदमी मरने के बाद ऊपर पहुंच गया आदमी मर गया ऊपर पहुंचा तो यमदूतों ने पकड़ लिया तो यमदूतों ने पूछा कहा जाओगे स्वर्ग के नर बोला पहले दिखाओ पहले देख दूत तो पता चलेगा कि कहां जाना है तो उसको ले गए सबसे पहले तो स्वर्ग में देख वही अब स्वर्ग में क्या देख रहा है वो शानदार मसाज हो रही है आपको वही बात बोलोग समझ में आएगी शानदार मसाज हो रही है फाउंटेन चल रहे हैं बढ़िया खाना सर हो रहा है ऐशोराम की सारी जरूरतें मौजूद हैं, जो आप सोच सकते हैं कल्पना भर कर सकते हैं वो सब स्वर्ग में है। सराय नाच रही हैं। मैं वही बोलूंगा जो आपको पसंद आ रहा है तो ये सब स्वर्ग में उसने देखा तो यम ने बोला अब बोला नर्क में दिखाओ अब वो नर्क में दे गए उसको अब नर्क में देखा तो और हैरान हो गया और भी खूबसूरत अफसरा नाच रही हैं उससे भी खूबसूरत तरीके से मसाज हो रही है उससे खूबसूरत खाना सर्व हो रहा है और उससे भी खूबसूरत है झरने हैं सब बढ़िया है उसने तो उससे भी है। बोला, बोला चॉयस उसने बोला सोच लगन तो, तो सिर्फ एक बार ले सकता है अगर तूने गलत लिया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं सोच ले बोला सोचना क्या है नर्क भेज उसने बोला किया उसको नर्क भेज दिया जैसे ही नर्क भेगा ने दो ताली गायब हो गया जंजीरों से जकड़ लिया उसको नीचे सांप छोड़ दिए जो काट रहे उसने बोला धोखा है ये क्या है बोला जो पहले दिखाया हुआ एडवर्टीजमेंट थी खाली बस काफी तो फंस जाए